एस प्री की तैयारी कैसे करें इसका एग्जाम कैसे आएगा परीक्षा का पैटर्न क्या होगा एक नया पैटर्न पर आया है इसकी रणनीति क्या होगी इसकी पेपर कैसे तैयारी करें आप सभी के पास दोस्तों यहां पर कम समय है एसआई की तैयारी करने के लिए आपके पास कम से कम तीस से पैंतीस दिन बचा हुआ है ठीक है तो इस तीस से पैंतीस दिन में आपको कैसे तैयारी करना है इसकी रणनीति कैसे होनी चाहिए आपको सिलेबस के तौर पर कैसे पढ़ना चाहिए मैं बताऊँगा वीडियो को ध्यान से समझेगा लास्ट तक जरूर देखिएगा साथ में कॉपी पेन रख लीजिएगा ठीक है एसआई SI की तैयारी करने के लिए देखिए सबसे पहले सिलेबस को आपको तैयारी करना होगा जैसे व्यापन का सिलेबस होता है इसी प्रकार आपका ग्रेजुएट लेवल में आपका भी एग्जाम होगा एसआई प्री का उसी तरफ से आपका सिलेबस होगा तो जैसे कि देखिए तीन साल पहले या तीन सालों तक इसका कोई सिलेबस नहीं था जैसे कि सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है भारत का सामान्य ज्ञान चाहे आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो तो व्यापन के सिलेबस के हिसाब आप से आपका दिया गया है ठीक है इस प्रकार देखिए एस की तैयारी इस तरह कर सकते हैं SI और साथ ही देखिए इसका लिखित पेपर के बारे में बात करें तो लिखित पेपर इसका 6 नवंबर को इसका लिखित पेपर होगा एस आई का एग्जाम साथ ही इसका देखिए फॉर्म भरना चालू हो चुका है 26 सितम्बर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और साथ ही इसका लास्ट डेट की अक्टूबर है ठीक है तो आप सभी देर ना कीजिए जल्दी से जाइए और फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा एसआई के तैयारी करने के लिए और इसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए ठीक है ऐसा नहीं है कि कोई भी इसका एग्जाम दिला सकते हैं जो लोग प्रथम चरण में जो पास हुए हैं वही लोग इसका एग्ज़ाम दिला पाएंगे ठीक है यानी कि उसके पास जो कैंडिडेट हैं जो प्रथम चरण में पास हुए हैं जो फिजिकल में पास हो चुके हैं उसके लिए पात्र दिया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर उसके उसी को साथ ले जाएँ और फॉर्म भरें ऐसा नहीं है कि कोई भी इसका फॉर्म भर ले और इसका पेपर दिलाए है ना जैसे कि टेट का हुआ था जैसे कोई भी फॉर्म भर लिया उसका टेट जैसे लिख के आ गया डेढ़ सौ नंबर लिखित पेपर है उसका लिख के आ गया ऐसा इसमें नहीं होने वाला जैसे कि कुछ ही दिन पहले जा सके पच्चीस सितंबर को इसका एग्जाम हुआ था सी जी का उसमें डेढ़ सौ का डेढ़ सौ सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगा के आ गया ऐसा इसमें नहीं होने वाला ठीक है तो ऐसा ही प्री का तैयारी कैसे करना है तो ध्यान से समझिएगा लास्ट तक जरूर देखेगा ठीक है तो तैयारी कैसे करना है तो देखिए एसआई प्री फ्री कैसे निकालना है तो देखिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करें तो पहले तो आप लोगों को तीन साल तक इसका कोई सिलेबस नहीं था लेकिन अब व्यापम इसका परीक्षा लेगा ठीक है एसआई का जो एग्जाम है उसका व्यापम लेगा व्यापम ले रहा है तो व्यापम जैसे ग्रेजुएशन लेवल का रहता है पैटर्न उसी प्रकार इसका भी पैटर्न न है ठीक है तो सिलेबस में सबसे पहले देखिए सूबेदार उपनिरीक्षक समर्ग प्लाटोर कमांडर की प्रारंभिक लिखित परीक्षा यानी कि छः नवम्बर को होगा साथ ही इसका सिलेबस में बात करें तो देखिए प्रारंभिक में पाठ्यक्रम का सबसे पहले पूर्णांकन सौ का होगा ठीक है जैसे कि व्यापम में डेढ़ सौ नंबर का आता है इस प्रकार इसमें भी सौ क्वेश्चन आएंगे ठीक है सुबेदारूप निरीक्षक में यानी कि एसआई आई के प्री के एग्जाम में सौ नंबर के आएंगे लेकिन मास्क का आपका तीन नंबर का रहेगा यानी कि प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न पर तीन नंबर का रहेगा यानी कि एक प्रश्न पर आपका तीन नंबर का रहेगा जैसे कि 100 प्रश्न है यहाँ पर तो 100 प्रश्न में आपका 300 नंबर का हो जाएगा ठीक है और कौन कौन सा आएगा यहाँ तक तो आपको बता भी दिया है, जैसे कि पहले यहाँ पर देखिए हिंदी का इंग्लिश का और कंप्यूटर का इसमें शामिल नहीं था लेकिन इस इस समय आपका इस के लिए यहाँ पर तीनों ही शामिल कर दिए गए पहले तो इसमें पता नहीं था कि कैसे तैयारी करना है मतलब कहीं भी से जैसे कि सामान्य जन ज्यादा अधिक आ जाएगा या भारत का सामान्य गण आ जाएगा या फिर गणित की ज्यादा सिलेबस आए या गणित की कैसे तैयारी करें पहले तो कोई भी ऐसे अंदाधुन पढ़ाई कर लेता है लेकिन अब व्यापक इसको चेंज कर दिया गया इसमें आप सभी को सिलेबस दे दिए गए सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करना है तो एसआई प्री आपको ऐसे इजीली निकाल सकते हैं ठीक है अगर आप कम से कम आठ से दस घंटा अगर दिन में आप समय देते हो सिलेबस के अनुसार आप पढ़ते हो तो एस ऐसे ही निकल जाएगा फ्री अगर एस आई अगर एग्जाम निकाल लेते हो तो आपको लिखित पेपर में आप समय दे सकते हैं आप उसमें पास हो जाओगे ऐसा कोई भी नहीं कि किस पेपर का निकाल सकते हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा इसका पैटर्न किस प्रकार है तो देखिए सबसे पहले के तो भारत के सामान्य ज्ञान में आपका एक सौ पांच नंबर का आएगा यानी कि टोटल आपको पैंतीस प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से भारत के सामान्य अध्ययन से कितने पूछे जाएंगे पैंतीस प्रश्न पूछे जाएंगे एक नंबर का आएगा यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर एक से कम तीन नंबर दिया जाएगा ठीक है तो इसमें पैंतीस आपका क्वेश्चन आएगा ठीक है सामान्य अध्ययन से आपको पहले ही जानकारी में दे दे रहा हूँ इसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में आपका पचहत्तर अंक का आएगा यानी कि पच्चीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सभी को देखिए यहाँ पर पहले ही बता चुका है कि व्यापक के सिलेबस में कि पच्चीस प्रश्न छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आएंगे और तीन नंबर इसका एक प्रयरण रहेगा यानी कि पच्चीस या पचहत्तर ठीक है, है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता की तो सामान्य मानसिक योग्यता में 30 नंबर के आएंगे यानी कि कितने 10 क्वेश्चन आएंगे ठीक है 10 क्वेश्चन आएंगे सामान्य मानसिक योग्यता में और सामान्य गणित की बात करें देखिए अब गणित यहाँ पर भी है यानी कि प्री एग्जाम में आपको गणित के नंबर गणित से आपका पूछा जाएगा तो गणित में आपका कितना नंबर का रहेगा दस क्वेश्चन आएगा लेकिन तीस नंबर का रहेगा यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर तीन नंबर दिया जाएगा ठीक है इसके बाद बात तो करते हैं हिंदी कर। कर का सामान्य हिंदी का आपका भी दस क्वेश्चन रहेगा यानी कि तीस नंबर का। इसके बाद है सामान्य अंग्रेजी तो सामान्य अंग्रेजी कितना क्वेश्चन रहेगा सिर्फ पांच क्वेश्चन रहेगा ठीक है कितना पांच क्वेश्चन पंद्रह नंबर का ठीक है यानी कि टोटल आपका सौ क्वेश्चन आएंगे और तीन नंबर का मार्क्स रहेगा समय आपका दिया गया है जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हो समय दो घंटा दिया गया ठीक है परीक्षा दो घंटे की होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा इसके बाद प्रत्येक प्रश्न में तीन अंक होंगे तो सामान्य अध्ययन सबसे पहले देखेंगे सामान्य कौन कौन से यहाँ से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो सबसे पहले भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से पूछे जाएंगे उसके बाद भारत की भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था सामान्य विज्ञान प्रद्योगी से प्रश्न पूछे जाएंगे सामाजिक शाम घटनाएं खेल और पर्यावरण से संबंधित यानी कि भारत से यहाँ पर प्रश्न आपको पैंतीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 105 नंबर का आएगा ठीक है तो सिलेबस के हिसाब आप तैयारी करते रहिएगा एक महीने में आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा ऐसा ही पेपर ऐसे ही निकाल सकते हैं ऐसा कोई भी नहीं कि जैसे कि टीटी टी के एग्जाम हुआ है कोई भी ऐसे जाके सभी ऐसा नहीं, नहीं होगा इसमें सी में दिया था ऐसा जैसे कि अभी 25 सितंबर को प्यून का एग्जाम हुआ था तो सभी जाकर भर भरा पूरा क्वेश्चन मार के आ गया तो ऐसा नहीं है देखिए एस आई प्री के एग्जाम में अगर इसमें एक और बात बताना चाहूँगा कि एस प्री एग्जाम में बिल्कुल आप सभी के लिए खुशी की बात है इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें माइनस मार्किंग नहीं दिया गया है तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया तो सभी क्वेश्चन बना लिए हैं तो ऐसा नहीं आप देखिए अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो बिल्कुल देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी क्वेश्चन मार के आ जाओगे ठीक है तो सभी क्वेश्चन को सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा ध्यान से और अच्छे से नंबर स्कोर करिएगा यही मैं आपके लिए चाहता हूँ और साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में बात करें तो यहाँ पर 25% प्रश्न पूछे जाएंगे तो देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन छत्तीसगढ़ का योगदान ठीक है इसके बाद छत्तीसगढ़ भूगोल से जलवायु से परिवर्तन से जनगणना से जनजाति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे ठीक है इसके बाद छत्तीसगढ़ की जनगणना हो गया परंपरा तीज त्योहार यहाँ से इसके बाद छत्तीसगढ़ की विशेष ढांचा स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बाद आपका समसामायिक घटना छत्तीसगढ़ के उद्योग जल खनिज संसाधन यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि टोटल आपका छत्तीसगढ़ से पच्चीस क्वेश्चन पूछे जाएँगे पचहत्तर का मार्क्स रहेगा ठीक है उसके बाद कंप्यूटर की सामान्य जानकारी पहले देखिए जब एस एस का पेपर होता था उसमें कंप्यूटर नहीं था हिंदी भी नहीं था ना ही इंग्लिश था ठीक है लेकिन अब व्यापम से इसका सिलेबस जोड़ दिया गया है ठीक है तो ध्यान से देखिए कंप्यूटर में आपका यहाँ पर पंद्रह नंबर का पूछा जाएगा यानी कि पाँच क्वेश्चन रहेंगे इसमें प्रत्येक में तीन नंग का दिया जाएगा तो ठीक है पांच दिया पंद्रह ठीक है तो कंप्यूटर से प्रश्न रहेगा कैसा प्रश्न रहेगा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बारी बोर्ड के कक्षा के अनुसार रहेगा उसके बाद समाज मानसिक योग्यता की बात करें तो आप सभी को पता है कि समाज मानसिक योग्यता सिजी व्यापम में रहता ही है तो उसमें ठीक है उसके बाद है आपका सामान्य गणित तो सामान्य गणित में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है तो सामान्य गणित में देखिए व्यापन का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस इसमें भी दिया गया है ऐसा के लिए, ठीक है इसके बाद है सामान्य हिंदी के बात करें तो सामान्य हिंदी में आपको पढ़ना ही पड़ता है सभी को मालूम है इसके बाद है सामान्य इंग्लिश थोड़ा सा नंबर है जेंडर है एक्टिव है प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव यह ऐसे ईजिली बन जाता है ठीक है तो इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है सिर्फ पाँच क्वेश्चन आएंगे पंद्रह नंबर का ठीक है सामान्य अंग्रेजी का यानी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तीस से पैंतीस दिन बचा है तो सिलेबस के अनुसार आप बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि कैसे तैयारी करना है ठीक है रणनीति की बात करें तो सिलेबस के अनुसार बिल्कुल पढ़ते रहेगा कम से कम आपको आठ से दस घंटा दिन में समय देना पड़ेगा ठीक है और बिल्कुल ऐसा नहीं कि कठिन प्रश्न आएगा आप बिल्कुल तैयारी करते रहें ऐसे ही एग्जाम निकाल सकते हैं ठीक है जैसे कि टीटी में एग्जाम में दिला है वैसा आप नहीं करना ठीक है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन आप ध्यान से इसको अच्छे से बनाइएगा यही मेरी आशा है धन्यवाद